तुझे तुझ से लूं कहीं खुद से जोड़ लो मेरे जिसमा जा तेरी खुशबू जो विशास मैं भरूं उसे तेरे संग भरूं चाहे जो हो रास्ता, उसे तेरे संग चलूं